जहाँ हर बात में कविता हो जाती है जहाँ हर बात में कविता हो जाती है जहाँ आध्यात्म की चरम सीमा हो जाती है जहाँ हर बात में कविता हो जाती है जहाँ आध्यात्म की चरम सीमा हो जाती है जहाँ मृत्यु शोक नहीं महोत्सव हो, हो जाता है जहाँ मृत्यु शोक नहीं महोत्सव हो जाता है जहाँ मुक्ति का द्वार खुल जाता है जहाँ मुक्ति का द्वार खुल जाता है जहा महा जहाँ माँ अन्पूर्णा का धाम है जहाँ माँ अन्कूर्णा का धाम है हाँ यही है वो अद्भुत शहर बनारस जिसका नाम है हां यही है वो...